सवाल यह है कि कृष्ण की फिलोसफी गीता का इस्तेमाल भारत में व्यापार को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं मैंने गीता नहीं पढ़ी है सच में मैंने नहीं पढ़ी है माफ कीजिएगा क्योंकि मेरे लिए मेरी अपनी दृष्टि ने मुझे कभी निराश नहीं किया है इसलिए मैं हमेशा सभी ग्रंथों से दूर ही रहा क्योंकि मैं खुद को अलग अलग चीजों से भरना नहीं चाहता था सिर्फ एक चीज जो मैंने सीखी और जो मैं आज भी करता हूं अगर मैं किसी चीज को देखता हूं या किसी इंसान को देखता हूं तो उसका अतीत वर्तमान और भविष्य जान जाता हूं मैं उन पर इतना ध्यान देता हूं मैं ऐसे नहीं देखता जब मैं देखता हूं, तो अपना सब कुछ लगाकर पूरी तरह देखता हूं। अगर आप पर्याप्त ध्यान दें, तो ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जान सकते तो कभी भी मेरे पास ग्रंथों को ढूंढने का कोई कारण या जरूरत नहीं रही uh, for... ग्रंथों का आदर और सम्मान करता हूं। मैं उनका विरोधी नहीं हूं। बात बस इतनी है की मेरे पास कभी समय ही नहीं था <laughs> ये पूरी प्रक्रिया इस तरह शुरू हुई जब मैं बहुत छोटा था मुझे समझ आया कि मुझे कुछ भी नहीं पता देखिए अगर आप यह समझ जाते हैं कि आप नहीं जानते अगर आपको पूरी तरह से यह एहसास होता है कि आप कुछ भी नहीं जानते तो ध्यान देना स्वाभाविक होगा क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं मैं इस आदमी को जानता हूं, इसे जानता हूं इसे इसे इसे आप बस कल्पनाएं कल्पनाएं और कल्पनाएं करते हैं खैर मैंने इसका अलग तरीके से उपयोग किया है लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये बिजनेस के इरादे से है सारे अफसर सिर्फ एक ही इंसान की ओर जाते हुए दिखते हैं किसी और की तरफ नहीं ऐसा होने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो कुछ देख पा रहा है जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के लिए मौजूद नहीं है कोई इसे देख पा रहा है और दूसरे नहीं देख पा रहे मूल रूप से एक लीडर का अर्थ होता है कि आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो दूसरे नहीं देख पा रहे तो बिना किसी इरादे के ध्यान देना बस ध्यान देना इसी की कोशिश हम दोपहर में कर रहे थे किसी खास चीज पर ध्यान न देकर बस ध्यान का अभ्यास करना ध्यान देने का बहुत ऊंचा स्तर जिसमें कोई केंद्र न हो लेकिन जब आप इसे केंद्रित करें तो किसी भी चीज को जान जाए ऐसा ध्यान कुछ भी जानने से नहीं चूकता तो मैंने हमेशा अपने ध्यान को ऊंचा उठाने और तेज बनाने पर ध्यान दिया कभी भी कुछ याद करने पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप जो इकट्ठा करते हैं वो आप नहीं है मूल रूप से आप अपने होने के बारे में सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि आप फिलहाल थोड़ा ध्यान दे पा रहे हैं मान लीजिए आप सो जाएं और आपका ध्यान खो जाए तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि आपका अस्तित्व है इसलिए आपके अस्तित्व का आधारित ध्यान है और इस ध्यान को किसी भी चीज का बंधक होने की जरूरत नहीं है आपको बस अपने ध्यान को तेज करना होगा देखिए अगर आपके हाथ में चाकू हो तो ये जरूरी नहीं कि आप इससे बस से भी काटें। अगर आपके पास काफी तेज चाकू है तो आप इसे कुछ भी काट सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चाकू काफी तेज होना चाहिए इसलिए अगर आपका ध्यान काफी तेज है किसी खास चीज पर नहीं अगर आपका ध्यान ही बहुत तेज हो चुका है और अगर आप कोई खास काम करना चाहें तो आप उसमें सफलता पा सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक समय के अपने कारोबारों के बारे में कुछ बताना चाहिए जब मैं आठ साल का था तब मेरे कारोबार शुरू हुए थे मेरे अंदर एक अजीब तरह का गर्व था इसलिए मैंने कभी अपने माता पिता से जेब खर्च के लिए एक रुपया भी नहीं लिया मैंने छह या सात साल की उम्र में ही पैसे कमाने शुरू कर दिए थे आठ साल की उम्र में पच्चीस तो रुपए देते साठ के दशक में एक सात से आठ साल के लड़के के लिए पच्चीस रुपए लाखों के बराबर थे मैं खुशी से झूमता था वहां पर एक भोजन शोध संस्थान था हर शनिवार दोपहर मैं वहाँ जाता था अगर तीन फीट से कम होते थे तो पच्चीस रूपए मिलते थे एक दोपहर में मैं सौ ऐसी डेढ़ सौ रूपए कमा लेता था मुझे नहीं पता की आप कल्पना कर सकते है या नहीं साठ या सत्तर के दशक में आठ से दस साल के बच्चे के लिए डेढ़ सौ रुपए आज लाखों डॉलर्स की तरह है यह रकम बहुत बड़ी थी और मैं हर जगह जाता था। जो भी चीज़ मेरे रास्ते में आ जाए मुझे आपको अपने एक छोटे बिजनेस के बारे में बताना चाहिए जो एक बड़ा बिजनेस बन गया अपनी यूनिवर्सिटी के बाद जहां मैंने कुछ नहीं सीखा पर पास हो गया <laughs> बस एक चीज थी कि तब तक मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूरा भारत घूम चुका था जब मैं भारत के बॉर्डर तक पहुंचा तब मुझसे अचानक मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा किसी चीज की मांग की गई मुझे ये भी नहीं पता था कि पासपोर्ट जैसा कुछ होता है देखिए आज की तरह नहीं था आज हर तीन चार साल के बच्चे को पता होगा की उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए मेरी उम्र बीस साल से ज्यादा थी लेकिन मुझे नहीं पता था की पासपोर्ट होना चाहिए मैं बॉर्डर पर पहुंचा और फिर उन्होंने कहा आपका पासपोर्ट कहा है मैंने कहा क्या मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है वे बोले नहीं पासपोर्ट होना जरूरी है फिर मैं नेपाल बॉर्डर से दुनिया भर की सैर करूँ इसलिए मैं कुछ करना चाहता था मैंने एक तरह की खेती शुरू की व्यवसायिक खेती मैं पैसे कमा रहा था मैंने सोचा की मैं दो साल तक करूंगा और फिर चल पड़ूंगा लेकिन इसी दौरान मेरे बिजनेस अलग अलग तरीकों से बढ़ने लगे मैं यही सब कर रहा था और फिर पास ही एक इंडस्ट्री शुरू होने वाले थी वे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहते थे मैं उस व्यक्ति को जानता था जो इसकी देखरेख कर रहा था मैं वहां गया और उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में बैठा था वे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बात कर रहे थे मैंने उनकी बातें सुनी वे ड्राॅइंग देख रहे थे मैंने पूछा क्या मैं ये करने के लिए आवेदन दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरे खेत के पास है वो बोला नहीं नहीं ये बहुत पेचिदा है मुंबई और बैंगलोर से कुछ एक्सपर्ट आएंगे और करेंगे तुम नहीं कर सकते मैंने कहा मुझे एक मौका दीजिए ऐसा मत करो तुम मेरे दोस्त हो मैं ऐसा नहीं कर सकता मैंने कहा नहीं बस मुझे टेंडर भरने दीजिए नव कर्नाटक बुक स्टॉल हुआ करते थे वे बस रूसी किताबें बेचा करते थे वहां बड़ी साहित्य किताबें मिलती थी वहां ले रुपए में और इंजीनियरिंग किताबें एक या दो रुपए में मिलती थी सभी किताबें। मैंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में दस किताबें खरीदी अपने खेत में बैठा और दिन रात उनको पढ़ता रहा मैंने खुद एक नई डिजाइन तैयार की मैं वहां गया और एक का टेंडर भरा याद रखिये ये सत्तर के दशक में हुआ था सबसे नजदीकी टेंडर 32 लाख का था सबसे ऊंचा टेंडर 60 लाख से भी ज्यादा था उसने ये देखा और बोला तुम मजाकिया आदमी हो तुम ये नहीं करोगे मैंने कहा नहीं मैं ये कर सकता हूँ वो बोला तुम ये कर ही नहीं सकते ये देखो सबसे नज़दीकी टेंडर 32 लाख का है और तुम बोल रहे हो एक तुम ये कैसे करोगे मुझे एक दिन का समय दो मैंने कहा मैं वापस गया और फिर से किताबें पढ़ी मैंने कहा मैं ये करूंगा फिर वो बोला 90 दिन में तुम्हें ये खत्म करना होगा और ये काम करना चाहिए अगर ये काम नहीं करता तो अपनी लागत से तुम्हें इसे हटाना होगा और जगह साफ करके जाना होगा और मैं तुम्हें एक भी रुपया एडवांस नहीं दूंगा मैं फिर से गया और किताबें पढ़ी मैंने कहा मैं ये कर सकता हूँ मैंने ये काम 70 दिन से कुछ ज्यादा समय में पूरा कर दिया ऐसा करने में मुझे नब्बे से कुछ ज्यादा रुपए खर्च करने पड़े एक ही बार में मैंने अस्सी से ज्यादा रुपए कमा लिए लोगों को लगा ये तो हिट हो गया वहां से मेरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शुरू हो गई। राजा अपना सिर फोड़ रहा था अब मैं क्या करूँ मुझे साइट मार्क करनी है। मैंने कहा मेरे पास खूटे हैं और सफेद कपड़ा है मैं जाता हूँ और आपके लिए साइट मार्क कर देता हूँ मैंने साइट मार्क की पंद्रह मिनट के काम के लिए उन्होंने मुझे अड़तीस हजार रूपए दिए मैं अपनी मोटरसाइकिल पर गया और खुद ही खूंटे गाड़ दिए इस तरह से मेरा बिजनेस शुरू हुआ और हम एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गए हम बड़े बड़े काम कर रहे थे लेकिन तभी मुझे आत्मज्ञान मिल गया इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया धन्यवाद <laughs> सतगुरु जी आपका बहुत धन्यवाद ये कहानी शेयर करने के लिए धन्यवाद प्रोफेसर हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है वरना हम इसे कम से कम आधा घंटा और जारी रखते ध्यान से सुनने के लिए दर्शकों को भी धन्यवाद